Friends, दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सीखेंगे इसके पिछले वीडियो में मैंने एम एस पावर पॉइंट के होम टैप के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में बता दिया है और इंसर्ट टैब tab के टेबल ब्लॉक के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया आज हम सीखेंगे इलोस्ट्रेशन ब्लॉक के बारे में इसमें हम पिक्चर फ्लिपकार्ट फोटो एल्बम सेफ स्मार्ट आर्ट और चार्ट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे पहला हमारा ऑप्शन है पिक्चर। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने प्रेजेंटेशन कर तो क्लिक करते हैं तो आपके पिक्चर का विंडो ओपन हो जाएगा इसमें आपको उस लोकेशन पर उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जिस पिक्चर को आप अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिंपली आप इंसर्ट पर क्लिक कर देना इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये पिक्चर आपके स्लाइड पर मेरे स्लाइड पर इंसर्ट हो चुका है तो इस तरह से आपने सीखा एलोस्ट्रेशन ब्लॉक के पिक्चर ऑप्शंस के बारे में फ्रेंड्स जैसे आप पिक्चर को जिसमे हमारा तो सबसे पहला है एडजस्ट सेकेंड पिक्चर स्टाइल थर्ड अरेन्ज और फोर्थ साइज इससे आप अपने पिक्चर को एडिटिंग कर सकते हैं अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिपकार जैसे ही आप फ्लिपकार पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फ्लिपकार्ट का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा इसमें आपको सिंपली गो पर क्लिक कर देना और जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन के फ्लिपकार है वो सारे आपको यहाँ पर शो करेंगे आप जिस भी क्लिपकार्ट को अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसे यहाँ से सिलेक्ट कर इंसर्ट कर सकते हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो क्लिपकार हो जाएगा इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे एक हो चुका है। इसी तरह आप कितने सामने फिर से ड्रॉइंग टूल्स के फॉर्मेट टाइप का विंडो ओपन हो जाता है इसमें भी आपको इस क्लिपकार से रिलेटेड एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं इंसर्ट से इन सारे ऑप्शंस की युद्ध से आप अपने फ्लिपकार्ट के प्रीव्यू को एडिट कर सकते हैं अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फोटो एल्बम जिस तरह से हमारे घर में फोटो का एल्बम होता है उसी तरह हम अगर चाहेंगे तो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए सिंपली आपको फोटो एल्बम पर क्लिक करना है जैसे ही आप फोटो एल्बम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू फोटो एल्बम और एडिट फोटो एल्बम दो ऑप्शन शो करेंगे सबसे पहला हमारा ऑप्शन है न्यू फोटो एल्बम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फोटो एल्बम का विंडो ओपन हो जाएगा इसमें आपको इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम यानी अपने फाइल से जिस भी पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं और उसे एल्बम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं उसके लिए सिंपली आपको फाइल और डिस्क पर क्लिक करना है और जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इंसर्ट न्यू पिक्चर का विंडो ऊपर से आप अपने पिक्चर के लोकेशन को सिलेक्ट कर इंसर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इंसर्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर पिक्चर एल्बम में फर्स्ट पिक्चर शो कर रहा अगर आप इसे हटाना चाहते है तो यहाँ से रिमूव कर हटा भी सकते हैं और इसे प्रेजेंटेशन में देखना चाहते है तो आप यहाँ से क्रिएट कर देख सकते हैं तो हम यहाँ पर कुछ और पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं तो हम यहाँ से दूसरे किसी पिक्चर को को सिलेक्ट करेंगे। हमने पर इस इस पिक्चर कर कर लिया और से से से फिर इसे इंसर्ट दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा, है। तो हमारा ये तीन पिक्चर सिलेक्ट हो चुका है उसके बाद सिंपली आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये तीनों पिक्चर यहां पर इंसर्ट हो चुका है और सबसे फर्स्ट में फोटो एल्बम के नेम से एक स्लाइड खुद से क्रिएट हो गया है इसमें आप अपने फोटो के एल्बम का नाम यहां पर दे सकते हैं तो इस तरह से हमारा ये फोटो एल्बम बनके तैयार हो गया है अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शेप इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने स्लाइड में किसी भी तरह के सेप को इंसर्ट ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आप इस पर शेप के ड्रॉपडाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने शेप के सारे ऑप्शन करेंगे आप जिस भी शेप को अपने स्लाइड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा माउस का कर कर्सर प्लस के आइकन में चेंज हो जाएगा उसके बाद आपको अपने माउस के लिए प्रेस किए हुए और इसे इस तरह से देख सकते हैं हमारा ये सेप इंसर्ट हो चुका है जैसे ही किसी शेप को आप इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने फिर से ड्राइंग टूल के फॉर्मेट टैब का एक एक रिबन ओपन हो जाएगा इसमें आपको इस शेप के एडिटिंग फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप अपने इस शेप को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं इसमें आपको इंसर्ट शेप अगर आप यहाँ से किसी और सेप को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं उसके बाद हमारा सेप स्टाइल इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने सेप के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये सेप का स्टाइल चेंज हो रहा है इसी में आपको ऑप्शंस मिलते हैं सेफ फिल सेप आउटलाइन सेपेक्ट सेप इफेक्ट में आपको सेब के इफेक्ट को शो आता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सेब का इफेक्ट चेंज हो रहा है इस तरह आप सेब के आउटलाइन से अपने सेब के आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं सेफ फिल से आप सेब के कलर को चेंज कर सकते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वॉर्डर्ट स्टाइल इसमें आप अगर कुछ टेस्ट को फिल करते हैं और उसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं उसके बाद अरेंज जो कि आपको मैंने होम टैप के ड्रॉइंग ब्लॉक में बताया है अरेंज ब्लॉक के बारे में ठीक यही ऑप्शन आपको फॉर्मेट टैब में अरेंज ब्लॉक के अंदर से मिलेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है साइज इसमें आप अपने सेप के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो इस तरह से आपने सीखा अपने स्लाइड पर पिक्चर क्लिप आर्ट फोटो सेप्स को इंसर्ट करना अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने स्लाइड में स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं अब सवाल यह आता है कि स्मार्ट आर्ट होता क्या है स्मार्ट आर्ट एक ग्राफिक्स होता है जैसे कि आपने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री के बुक्स में फॉर्मूले को एक अच्छे शेप में इंसर्ट करके दिया गया रहता है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने जैसे स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर मैंने माउस का लेफ्ट की प्रेस आप, बार आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं आप जैसे की मैंने यहाँ पर साइकिल उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये स्मार्ट आर्ट इसमें इंसर्ट हो चुका है जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से स्मार्ट टूल के डिजाइन और फॉर्मेट दो टैप ओपन हो जाते हैं जिसमें आपको फॉर्मेट टैब सेम उसी तरह जो अभी आपको मैंने बताया उसके बाद यहाँ से डिजाइन टैब अपने इस स्मार्ट आर्ट के डिजाइन को यहीं से चेंज कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा ये कैसे ये डिजाइन स्मार्ट आर्ट का लेआउट चेंज हो रहा है अगर आप इससे इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं और तो नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने स्लाइड में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं जैसे की आपने देखा होगा मैथ के बुक में चार्ट होता है या किसी भी डेटा को अच्छे तरीके से जांचने के लिए उसका उसमें हमें चार्ट का प्रयोग करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि अपने ऑफिस में या किसी भी काम में अपने प्रेजेंटेशन में चार्ट के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को काफी अच्छे तरीके से समझाएं, तो आप अपने स्लाइड में चार्ट को इंसर्ट कर उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर आसानी से उसे समझा सकते हैं जैसे ही आप चार्ट क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंसर्ट चार्ट विडो ओपन हो जाएगा इसमें आपको काफी सारे चार्ट दिखेंगे आप जिस भी चार्ट को अपने स्लाइड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इस चार्ट को इंसर्ट कर लिया और उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये यह चार्ट यहां पे इंसर्ट हो चुका है आप जैसे ही चार्ट को इंसर्ट करेंगे तो आपकी प्रजेंटेशन एप्लीकेशन के ठीक बगल में ही एक्सल का विंडो ओपन हो जाएगा इसलिए आपको उस चार्ट के डेट ऑफ बेस आपको शो करेंगे आप जिस तरह से अपने इस डेटाबेस को चेंजिंग करेंगे उसी तरह आपके चार्ट में भी ये शो करेगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये अभी 60 पर था 152002 फाइव के डेट पर सिक्सटी वन फाइव डेट पर 70 जो है ये हमारा अब इससे हम टेन करके आपको दिखाते हैं जैसे यहाँ पर हमने वॉल्यूम को टेन किया और उसके बाद अपने इस एक्सेल वर्कशीट के बाहर जैसे अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये चार्ट में चेंजिंग हो चुका है इसी तरह आप अपने हिसाब से अपने चार्ट को यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से इसे कट कर देना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये चार्ट बन तैयार हो गया है यहाँ पर आपने सीखा पिक्चर फ्लिपकार फोटो एल्बम सेव स्मार्ट आर्ट चार्ट ऑप्शंस के बारे में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प होती इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस